भाजपा के विकास यात्रा के तहत जगह जगह पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता जनता से मुखातिब हो रहे हैं वहीं सिंगरौली में भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने भाजपा की उपलब्धियों और बजट के बारे में जनता को बताया अपनी योजना और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए शिवराज सरकार विकास यात्रा कर रही है शिवराज के मंत्री विधायक और कार्यकर्ता जगह जगह जाकर अपनी योजनाओं का व्याख्यान कर रहे हैं विकास यात्रा के दौरान सिंगरौली में भाजपा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शीशकांत देव और अन्य नेताओं ने प्रेस वार्ता की जहां भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता का साथ दिया है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज ने पच्चीस हजार भूमिहीनों को पट्टा दिया है ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पच्चीस हजार भूमिहीनों ने एक साथ पट्टा ग्रहण किया हो पांच फरवरी से पच्चीस फरवरी के बीच चल रही विकास यात्रा के बारे में रामसुमरन गुप्ता ने कहा की भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है जिले में जहाँ भी कोई शिकायत मिलती है उसको तत्काल इस विकास यात्रा के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है आपसे मिल पा रहा और ये जो हमारा बजट आया है और जो दूसरा हमारी जो विकास यात्रा चल रही तीसरे बिंदु जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो महीनों को जो 25,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर पट्टा वितरण किया ये कि मध्य प्रदेश में पहला ऐसा इतिहास है हो तो सकता है देश में तो एक जिले में 25,000 लोग एक साथ वही प्रदेश अध्यक्ष शीर्षकांत देव ने कहा की हमारी विकास यात्रा जनता की सेवा के लिए है यह बजट दुनिया का सबसे अच्छा बजट है हम अपनी योजनाओं के आधार पर कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर चुनाव लड़ेंगे सिंगरौली का विकास भाजपा के राज में ही होगा हम अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनाव में जाएंगे शीर्षकांत देव ने कहा मध्य प्रदेश में भाजपा को इक्यावन प्रतिशत वोट मिलेंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा इस बजट को जनता के विरोध बताए जाने पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है और न ही नीति संगठन के आगामी कार्यक्रम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की क्या चल है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या क्या है? इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए पत्रकार जिला वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके